Hey guys, welcome back YouTube channel. फिर से एक बार नया ब्लॉग लेके आ गए हम हमने जाना है मतलब बहुत दूर जाना है यहाँ पे ज्योति जाना है हमने अपने गांव से तो यहाँ पे रोड नहीं है रोड मतलब बहुत सी प्रॉब्लम है यहाँ पे रोड नहीं है पानी नहीं है बहुत कुछ प्रॉब्लम है तो भाई को देखो आप इतना बड़ा ये कट्टा उठा के ले जाना है और ये साथ में सामान ये सामान सारा हम लोगों ने ले जाना है अरे बोकना था दूसरा मामा ने सामान ले जाना है बहुत दूर तक मामा बोल ठीक हो गए मामा दूर तक सामने पे तो चार चार चार चार बंदे बंदे है चलो फिर चलते हैं दिखाते आपको आगे की मतलब मस्त लोकेशन यहाँ पे मैं अच्छा हमको तो तो सिखा रही <laughs> <गजब बेज़ती> है एक बार जाके दिखाऊंगा आपका गांव दिखाते हैं अगर मैं आ, अगर हम टाइम से पहुंचे ना तो आपको एक लोकेशन दिखाऊर हाँ। <laughs> हाँ। थोड़ी देर क्या चुप होता हम टाइम से लोकेशन गए से। दर, चला, चला। अगर हम लोकेशन लोकेशन में टाइम से पहुंचे तो आपको मैं मैं मैं दिखाऊंगा खत्म बाय बाय बाय टाटा गुड गया नहीं नहीं कर कर रहा रहा भाई लेपड़ी टाइम से पहुंचे ना बाबा। अगर हम यहाँ पर अगर हम टाइम से पहुंचे लोकेशन में तो आपको लोकेशन दिखाऊ जब सूरज डूबता है तो इतनी प्यारी लोकेशन वहाँ पे मंदिर वहाँ पे छुताई भी होती है <laughs>